विद्यार्थी मित्रों इन वाक्यों को सुनिए क्रमशः छह वाक्यों इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा की गई है उसे संज्ञा कहा जाता है संज्ञा की परिभाषा सुनिए जिन शब्दों से व्यक्ति वस्तु जाति पदार्थ का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए एक राम और लक्ष्मण भाई थे दो हिमालय ऊंचा पर्वत है तीन गुलाब का फूल अच्छा है चार रमेश हर रोज स्कूल जाता है पांच सब गांधीनगर जा रहे हैं छ आज बिल्ली दूध पी गई